नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल मुख्यमंत्री ने पौधे लगा कर के राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को चंडीगढ़ में पौधा लगा कर के राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की कुछ ही देर में जगात्री में शुरू होगा राज्य स्तरीय वन महोत्सव सभी जगह ऐसी मुख्यमंत्री ऑनलाइन वन महोत्सव की अध्यक्षता करेंगे